YouTube तो आज के वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में होने वाला है चैलेंजिंग वीडियो. तो वेजिटेबल्स रखे मैंने बहुत सारे कट कर करके तो आप आंखों पे पर की पट्टी और इनको मैं खिलाऊंगा एक वेजिटेबल इनको गैस का कौन सा वेजिटेबल है तो ये होगा और आज आपको मुझे क्या मिलेगा गैस किया तो आपको मिलेंगे फाइव हंड्रेड रुपीज फ्राई और आज नहीं किया So, yeah. तो नहीं मिलेगा। तो चलिए so, रखी और ये वेजिटेबल्स भी लाए हैं हैं। मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। ट्युट ट्युट नहीं की है ना? Okay. Yes, so, ओके। मुझे टच भी करना है या टच नहीं करना टच नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट करना आपको। तो मैं खाऊंगी कैसे मैं खिलाऊंगा हैंडव तो पहला जाता है ये जो मैं आपकी कुछ खिलाने जा रहा हूँ ये बहुत व्यस्त कर सकते हैं जी कुछ <laughs> है हाँ तो आपने करेक्ट बताया यहाँ पे इससे आप भी तो समझ इसमें है तो। करना है क्या है फूल गोभी और... <laughs> <laughs> <समझें। Okay. laughs> अभी थोड़ा डिफरेंट देखना कुछ अलग नहीं आप तो वाला अच्छा ये ओह क्या अह लॉकी लॉकी लॉकी लॉकी तो तो बस क्या है के बीच का एक पॉइंट आपने गलत अरे मैंने बोला फिर। नहीं, तो फिर एक एक आपको चीटिंग चीटिंग चीटिंग करता है तो उसके बाद मैंने ये क्या वो तो था, लौकी था, लौकी देखे देखे। देखे। तो तो तो था का चंद्र आसन है है ये के के अंदर वाला वो लेकिन बाद बाद में में सही भी बोला नहीं एक आपको भिंडी करे भी है और नहीं नहीं नहीं आपको आपको पूरा तो पॉइंट हाँ। आप, आप से पता मुझे इतना छोटा सा नहीं समझ तो? में आ रहा है समझ में तो आ रहा है मुझे पता हाँ हाँ। चला मुझे कैप्सिकम हाँ। ये तो आप आसानी से आ जाएगा और इतना छोटा सा खिला रहे हो अंदर का वो भी बारा बारा तो तो तो बोर्ड बोर्ड की ये ना, ये ये अभी अभी आपके मत ज़्यादा चबाना चबाना चबाना होता है है ना के सिर्फ दांत पे रख से ही पहचान पूरा क्या मैं होगा बदला जरूर दूंगी प्यार नहीं। नहीं लास्ट <laughs> लास्ट के लास्ट के बचे बचे हैं, उसके बाद टू टू। का ये के को इसमें मैंने सारे के तो हाँ कौन -कौन यही है। है। तो गेम है और बड़ा तो आपको समझ आ जाएगा आ, ओ लसन। रुवन. आ, रुवन आ, आ, आ, आ। आ, तो तीन अपने सही बता दिए हैं और दो हैं इसमें लॉकी हां चार से और एक लास्ट काम चेंज चेंज फाइल एंड कर टमाटर नहीं लास्ट अगेन लास्ट बार देन लॉकी अदर नो फेस ने थोड़ा सा टेस्ट आता है तो आप भी चाहेंगे आरव के लास्ट बोला आपने तो आर आप नहीं बोलला आपने लास्ट क्या कर रहे थे लिए हां तो नहीं आए लास्ट में भी तो आपने थी तो बता दिया तो पहले भी सिर्फ तीन बताए आपके आप दिखा? <laughs> ओ, ओ, लाएं। सब लाएं। तो को मिलेंगे फाइव हंड्रेड रुपीज का, का, का और मेरा एक पॉइंट इन्हें किया बताइए मुझे मिला या नहीं नहीं <laughs> है, है। बताइए वो बताए की मेरा पॉइंट बनाया और कैसी लगे तो हम बने रहें हमारे साथ ऐसे और में वीडियो बाय बाय